भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सागर में नगरी निकाय के जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है मध्य प्रदेश में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा की सागर जिले के नगर निकाय के हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं मेयर से लेकर निगम अध्यक्ष सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद का प्रशिक्षण है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और ग्रामीण निकायों के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके प्रशिक्षण किए हैं जो बड़ा ऐतिहासिक काम है शर्मा ने कहा मध्य प्रदेश के अंदर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण मिले खास पर गरीब कल्याण की योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के जीवन बदलने का अभियान चला रही हैं उन्हें हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि नीचे तक कैसे उतारे और संगठन के काम को कैसे मजबूती मिले उसमें सबकी क्या भूमिका रहे यही सब कुछ इसमें तय किया गया है मेयर से लेकर के निगम अध्यक्ष सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद अध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के सभी नगर निकाय और ग्रामीण निकाय के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनके प्रशिक्षण हमने किए हैं और बड़ा ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अलग अलग प्रकार से प्रशिक्षण मिले हैं खास तौर पर गरीब कल्याण की योजनाएँ जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मान्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के जीवन बदलने का जो अभियान कर रही है उन्हें हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि नीचे तक कैसे उतारे और संगठन काम की मजबूती में भी हमारी उनकी अपनी सबकी भूमिका हुए प्रतिनिधि है तो इसलिए आज यहाँ पर सागर जिले का नगर निकाय का प्रशिक्षण का प्रो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का